आज हम बताएंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपको यूराइज के ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा जो यूराइच डॉट यू पी डाट डॉट इन है इस साइट पर जाएंगे इस साइट को ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा पॉपअप को क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद डबल डाट पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आएगा लॉगिन लॉगिन पर जाने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका आईडी और ऑन पासपोर्ट मांगेगा तो यहाँ पे आप अपना आईडी डी इंटर कर दीजिएगा मैं फटाक से अपना आईडी डी एंटर कर देता हूँ इंटर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसके वजह से स्लो चल रहा है थोड़ा वेट करेंगे ओपन होने के बाद यहाँ पर थ्री डाट पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे एक न्यू करके ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद एग्जाम फॉर्म पे आपका सारी डिटेल्स इधर खुल के आ जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बोला है आपका बीस से पचास के बी का फ़ोटो अपलोड करना है और दूसरा में आपको सिग्नेचर जिसमें पाँच से बीस के का होना चाहिए बाकी नीचे आपका टोटल सब्जेक्ट और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों दिखेगा और फिर इसके बाद डिक्लेसन पर जा आप टिक लगा के सबमिट कर देंगे तो मैं आप यहां पे फ़ोटो अपलोड कर देता हूं जिनको अगर अपना फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है वो गूगल से जाके रिसाइज कर लेंगे अपना फ़ोटो तो मैं फटाख से अपलोड कर देता हूं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप नीचे जाके डन पे क्लिक करेंगे सबमिट क्लिक कर देंगे टाइम तो लग रहा है सबमिट क्लिक करने के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा क्योंकि ये फ़ोन पे है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है अब इसको डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो फुल स्क्रीन में दिखेगा तो आप इसको अपने कंप्यूटर पर डाल के चाहे कैपे पर जाके प्रिंट आउट निकाल के हॉट कापी कॉलेज में अपने जमा कर दीजिएगा